मंदिर में जाऊँ ज्योति जलाऊँ बाबा को अपने शिषण नमाऊं कृपा करो काट चाम बाबा कृपा करो काटू चाम कृपा करो काटू चम बाबा कृपा करो काटू चाम पल भर में पूरा कर देते पल भर में पूरा कर देते भगतों के अरमान बाबा कृपा करो कांटू श्याम कृपा करो कांटू श्याम बाबा कृपा करो कांटू श्याम मंदिर में आऊं ज्योति जलाऊं बाबा को अपने शीतन मंदिर में आऊं ज्योति जलाऊँ ना जानू मैं पूजा बंधन कैसे करूं मैं तेरा राजा बीनंदन ना जानू मैं पूजा बंधन कैसे करूं मैं तेरा राजा बीनंदन मैं तो मूर्ख गवार बाबा कृपा करो कांटू चाम कृपा करो कांटू तो चाम बाबा कृपा करो कांटू तो चाम पल भर में पूरा करी देते पल भर में पूरा कर देते भगितों के अरमान बाबा कृपा करो खाटू ता कृपा करो खाटू ताम बाबा कृपा करो खाटू ता बाबा मैं तेरे शरण में आया तेरे चरणों में उस पर चढ़ाया बाबा मैं तेरी शरण में आया तेरे चरणों में उस पर चढ़ाया तेरा करूं गुनगान ये बाबा कृपा करो का कृपा करो का मैं बाबा कृपा करो काट था पलभर में पूरी देते पलभर में पूरी देते भगतों के हर बाबा कृपा करो काटता कृपा करो काटूता में बाबा कृपा करो काटू चा मंदिर में आऊं चोती जलाऊं बाबा को अपने शी से नाऊँ मंदिर में आऊं चोती जलाऊं बाबा को अपने शी से नवाऊँ